हमारा एक पिछला वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया था कि मंत्र हीलिंग से पैरानॉर्मल केसेस जो होते हैं स्पिरिट्स वाले उस पर क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं और जो केसेस हमने करे हैं उसका एक झलक आपको बताई थी कि किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचता है आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मंत्र हीलिंग कितनी इफेक्टिव होती है और हेल्थ पर कितनी इफेक्टिव होती है इसके बारे में इसकी आपको कुछ झलक बताता हूँ जो केसेस हमने करें यूँ तो पिछले 22-23 सालों के अंदर हमने हज़ारों केसेस करे हैं हज़ारों लोगों को मंत्र हीलिंग से बेहतर करा है लेकिन ये जो मैं हैं, आपको कुछ ऐसे केसेस बता रहा हूँ जो बिल्कुल इंसीडेंट से बल्कि है ना वो केसेस जो अचानक से हो गए और उस पर हमने काम करा और लाइफ सेव करी तो मैं सबसे पहले आपसे साथ एक घटना का जिक्र करता हूँ गुजरात में एक जगह है आगलोड आगलोड में एक जैन मंदिर है जहां पर हम दर्शन कर रहे थे और दर्शन करते हुए अचानक से हमारे पीछे एक सज्जन नीचे गिर पड़े और अचानक से आप समझ सकते हैं कि एकदम हल्ला हल्ला मच गया वहां पर तो जब हमने भी पीछे मुड़कर देखा तो जो एक व्यक्ति थे उनको हटेक आया उनको हार्ट अटेक आया था सब लोग चिल्लाने लगे हमने उन सबको शांत करा और सज्जन के पास खड़े होकर उनकी मंत्र हीलिंग करी और मंत्र हीलिंग करने के जस्ट दो तीन मिनट में वो नॉर्मल हुए उठकर बैठ गए उसके बाद हमने उनकी फैमिली को कहा कि अब आप चाहें एम्बुलेंस की व्यवस्था करें और फिर इनको ले जाएं अब ये ठीक हैं अब लाइफ सेविंग हो गई है उनकी ये एक लाइव केस था और इसका लाइव वीडियो भी वो जो हमने नहीं बनाया था किसी और ने उस घटना का वीडियो बना लिया था जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा मैं एक और घटना का जिक्र करता हूं कुछ समय पहले की बात है कि एक व्यक्ति बाय रोड नागपुर से बरेली जा रहे थे सुबह सुबह का टाइम था और उनको गाड़ी में ही हार्ट अटैक आया उनके साथ में जो भी और फैमिली मेम्बर्स थे उनका मेरे पास फ़ोन आया मैंने उसी वक्त हीलिंग करी उनको उतना टाइम दिया उनको ये बोला कि अगले 20 मिनट तक इनको कुछ नहीं होगा 20 मिनट में आप इनको कहीं पर भी ऐसी जगह ले जाएं जहां पर डॉक्टर ट्रीटमेंट मिल सके इमीडिएट वो जबकि किसी गांव से गुजर रहे थे उन लोगों ने कहीं पर भी व्यवस्था करी और उस, उस 20 मिनट में उनको ट्रीटमेंट मिल गया और उनकी लाइफ सेविंग हुई इसी साथ में मैं आपको एक और केस का जिक्र करता हूँ काफ़ी दिन पहले की बात है अभी उस टाइम भी हम एक तीर्थ स्थान पर रुके हुए थे रात के टाइम मेरे पास फ़ोन आया और ये सारी वर्किंग हमने ऑनलाइन करी थी उस टाइम पर मेरे पास फ़ोन आया एक व्यक्ति जो कि कैलकटा में थे और काफ़ी सीवियर पोजीशन पे थे वेंटिलेटर पे आ गए थे उनकी फैमिली का जब फ़ोन आया हमने वहीं रात की बात थी आई थिंक दो तीन बज रहे होंगे उस टाइम पर हमने उनकी वर्किंग करी फ़ोन चालू रखा था और फ़ोन पर ही वो पूरी वर्किंग हुई थी तो जो रिलेटेड डॉक्टर थे उनसे भी मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा कि मैं इनको साँसें दे रहा हूं आप जो भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो करिए और हमने पूरी वर्किंग करी कोई डेढ़ घंटे तक वो वर्किंग हुई वहां पर जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो भी चलता रहा डॉक्टर्स के हिसाब से लगभग उनकी डेथ हो चुकी थी ये एक ज़बरदस्त इंस्टांस था हमारे मंत्र हीलिंग का भी लेकिन सुबह होते होते उनकी साँसें वापस आई वेंटिलेटर से उतरे उसके बाद में वो उन्होंने कुछ समय में अच्छे से वो ठीक हुए और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी तो ये वो केसेस हैं जो मंत्र हीलिंग के द्वारा इंसिडेंटली जब वो चीज़ें हमारे पास आती हैं हमने उनको ठीक करा है ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ ईश्वरी शक्ति के द्वारा ही रिकवर हो पाते हैं और प्रभु कृपा से उन सब चीज़ों को हम करने में कामयाब हो पाते हैं देखिए मंत्र साधनाएँ बेसिकली हमारी लाइफ जो है वो पूरी तरह से मंत्रों के साथ जुड़ी हुई है मतलब यूँ समझ लीजिए कि हम हैं तो मंत्र हैं और मंत्र हैं तो हम हैं जीवन के हर कार्य को करने के लिए हम मंत्रों को प्रयोग करते हैं ईश्वर में आस्था विश्वास श्रद्धा ये सारी चीज़ें मंत्रों के साथ और जुड़ती है तो मैं कुछ और लाइफ सेविंग इंसिडेंट्स पर बात करता हूँ कि जो हमने मंत्र हीलिंग के द्वारा या डाउजिंग से डायग्नोस करते हुए करें हैं अपन ने तो उनमें से मुझे और एक केस याद आता है जब एक बार हमारे पास एक क्लाइंट यहाँ पर आए थे कंसल्टेंसी के लिए जब मैंने उनकी जैसे ही कंसल्टेंसी जस्ट स्टार्ट ही करी थी और मुझे थर्ड आई इंट्यूशन हुआ कि इनको हार्ट अटैक आने वाला है मैंने उसी वक्त उनके साथ जो उनकी फ़ैमिली मेम्बर्स आए थे उनसे कहा कि आप इनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएं और तुरंत ले जाकर इनका चेकअप चेक करवा लें क्योंकि अभी समय है तो ये डायग्नोज करा उस टाइम जो थर्ड थर्डाई एक्टिवेशन में चीज़ सामने आई उन्होंने उस चीज़ की गंभीरता को समझा और वो लोग तुरंत हॉस्पिटल गए एंड इवनिंग तक मेरे पास कॉल भी आ गया कि साहब उनका पूरा ई वगैरह थोड़ा सा दिक्कत में था उनका चेकअप चेक हो गया है एक आध दो दिन वो हॉस्पिटल में रहेंगे बट वो लाइफ सेव हो गई बिकॉज़ हमने उस चीज़ को बहुत सही समय पर देख उनको बता दिया एक और एक बहुत बड़ी घटना है जो मुझे याद आती है मेरे पास एक यंग लड़का आया था उस टाइम बहुत तनाव में बहुत डिप्रेशन में और वो मेरे पास आया था कि सर अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ मैं तो मरना चाहता हूँ मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ मैंने उसकी हीलिंग करी उसकी काउंसलिंग करी उसको बहुत अच्छे से समझाया उसकी काउंसिलिंग करी और उसके बाद उसको काफ़ी देर तक सारी चीज़ करने के बाद डाउजिंग से करा उसको हीलिंग से करा मंत्रों से करा सारी चीज़ करी और उसके बाद उसको मैंने भेज दिया ये केस हो गया और आता हम अपनी इस चीज़ को भूल गए कुछ समय के बाद एक लड़का मेरे पास वापस आता है और वो मुझे बताता है कि सर मैं वही लड़का हूँ जो आपके पास आया था और आपने मेरी काउंसलिंग कर, कर हीलिंग करी थी और आज की तारीख़ में एक बैंक में मैं नौकरी कर रहा हूँ और मेरी नाइन्टी थाउजेंड की सेल है तो ये एक इतनी बड़ी लाइफ सेविंग इंसिडेंट था कि जो लड़का कहीं डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या करना चाह रहा था और उसकी लाइफ हमने सेव करी और वो उस पोजीशन पर पहुंच गया तो ये सब चीज़ें देखकर अत्यंत तो खुशी होती है बेहद खुशी होती है कि मंत्र हीलिंग और डाउजिंग के द्वारा हमने अपनी विद्या के द्वारा किसी के जीवन को संपूर्ण रक्षा सुरक्षा प्रदान करी उसको एक नया जीवन दिया तो ये सारी चीज़ें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो घंटाकण महावीर की साधना हम करते हैं तो एक तरह से घंटा कर्ण महावीर हमारे कण कण में बसे हुए हैं हर तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनकी शक्ति और जिनकी मतलब उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा और जो प्रार्थना है उसके द्वारा हम उन सब चीज़ों को कर पाते हैं तो आप लोग भी अपने मंत्रों के साथ जुड़ सकते हैं या आवश्यकता आवश्यकतानुसार हमसे संपर्क करके मंत्र हीलिंग ले सकते हैं